الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في القرآن المجيد ولكن अल्हमदिल्ल वसलासलामाम अशरफिल्बिया इब्लमुसलीम अम्माबाद अदबिल्हजीम बसमीम तकुरआनमजीद वाल हब्बाकमान वजूफ़ी व कर रहूकिया अल्लाह ने जीनत बख्शी है अफलाक व रोशन तारों से इस्लाम ने्ज़त पाई है महबूब ख़ुदा के यारों से बो बकर हैं समुबसर उस्मान वली हैं कल्बिगर हो क्यों न मोहब्बत इन चारों से होते हो खफा क्यों पूछो तो दरा उन नादानों से तारीफ़ सहाबा ब है क़ुरान के तीस सिपारों से و ناظرین السلام علیکم اللہ وبرکاتہ साम کرام नाजरिन اللہ علیہم اجمعین کی شان، की शान آپ کے आपके سے से شخص واقف ہے، ہر وہ مسلمان جو اپنے اسلام کا का کرتا ہوگا وہ یقیناً यकीन کرام कराम اللہ علیہم اجمعین کی محبت کو اپنے دل میں بھی रखता ہوگا، लेकिन آج सहब कराम की अजमत को बयान करना मकसूद नहीं बल्कि सहब कराम की खूबियों में से सिर्फ एक खूबी का जिक्र करना मकसूद है वो खूबी ऐसी खूबी है कि आज दौर हाज़िर का मुसलमान अगर उस खूबी को अपना लेता है तो यकीन जानिए दुनिया उसके लिए जन्नत का गहवारा बन जाए और आखिरत में भी उसके लिए जन्नत यकीनी होगी इन शो खूबी क्या है वह खूबी यह है कि सहाब कराम रजवानल आल अजमैन का दिल उनके दिलों का रुख हर हर कैफियत में हर हर कंडीशन में हर हर सिचुएशन में हर हर हालात में हर हर अदवार में हर हर एतवार के अंदर सिर्फ और सिर्फ अल्लाह तला की तरफ रहता था उन पर गुरबत की घड़ियाँ भी आईं उन पर ऐसा वक्त भी आया कि जब उनके पास माल दौलत की फरावानी थी उनके पास ऐसा वक्त भी आया जब उन्हें आला ओहदे और आला मनसब पर फाइज किया गया और जब वो बे उहदा थे उनके पास कोई ओहदा नहीं था उस वक़्त भी उनके दिलों की कैफियत हर हर कंडीशन में उनकी दिलों की कैफियत ये होती थी कि वो अल्लाह ताला से रजू करने वाले होते थे अल्लाह तला की तरफ आस लगाने वाले होते थे अल्लाह से उम्मीद बांधने वाले होते थे आज मैं मुसलमान होने का दावा करता हूँ लेकिन मेरे दिल की कैफ़ियत क्या है मैं गरीब हूं अल्लाह ताला से गिड़गिड़ाकर तरह करता हूं फरियाद करता हूं नमाजें पढ़ता हूं सजद रेज होता हूं लेकिन जब अल्लाह मुझे नहमत से नवाज देता है माल से नवाजता है तो मैं अल्लाह के आगे झुकना भूल जाता हूं अल्लाह अपनी तरह तरह की नेमतें मुझ पर नाजिल करता है मैं अल्लाह के बंदों का ख्याल करना भूल जाता हूँ गर्ज मेरा दिल मौसम के बदलने से हालात के बदलने से कंडीशन के बदलने से अदवार के बदलने से तब्दील होता रहता है मेरे दिलों का रुख अल्लाह ताली की तरफ नहीं होता लेकिन सहबा कराम की ज़िंदगी पर क़ुरबान जाएँ कि उनके दिलों का रुख हर हर कैफ़त में अल्लाह ताली की तरफ़ रहा चंद मिसालें मैं आपके सामने रखता हूँ नबी सलासम के सहबा फ़रमाते हैं कि उनकी ग़ुर्बत की कैफियत कन्डीशन क्या थी फ़रमाते हैं माँ अलिना नला खिफाफन वाला कला नीसोला हमारी कैफियत कुछ इस तरह थी कि ना तो हमारे पास जूतियां थीं चप्पलें थीं कि जिसे पहनकर हम बाहर जाते धूप की तपिश और गरम ज़मीन से हम बच पाते वाला ख़िफाफन और ना ही हमारे पास मोज़े थे जुराब थे वाला कलानिसु, निसु वाला कमसुन ना ही हमारे पास सर पर ढाँपने के लिए टोपियां थीं, कपड़ा था और ना ही हमारे पास कोई कमीज थी जिससे हम जो है वो जिसम का ऊपर का हिस्सा ढाँपें लेकिन इन तमाम कैफियत के बावजूद उनकी ईमान की अलामत क्या थी उनके ईमानी कैफियत क्या थी उनके दिलों के रुख की कैफियत क्या थी कि जब उन्हें जिहाद का मौका मुझा मैसर आता उन्हें हुक्म दिया जाता वो नहीं देखते हमारे पास किस कदर वसाइल हैं किस कदर हमारे पास सामान है वो पैदल अल्लाह ताली की राह में जहाद करने निकल जाया करते थे उस वक़्त भी उनके दिलों का रुख सिर्फ और सिर्फ अल्लाह तरफ रहता था वो अल्लाह ताली की रजा के मतलूब थे अल्लाह ताली की रज़ा को चाहते थे सहाबी रसूल सईद अबू हुर रजी अल्लाह तु फरमाते हैं अब सुफ़ा की रबत को बयान करते हुए फरमाते हैं तो नमीन अहल्फ़ा क्या मैंने सत्तर आहला को मैंने देखा आहल में वजाहत करता चलूँ वो हैं जिन्होंने अपने घर बाहर को छोड़ा अल्लाह के नबी की सोहबत में आना पसंद किया और मुस्तकिल एक चबूतरा जो कि मस्जिद नबी के साथ जुड़ा हुआ था वहाँ पर बैठकर वो कुरान और हदीस काइम हासिल करते थे यह आ सुफ़ा चाहते तो दुनिया की गर्स के लिए तवदो कर सकते थे उनके पास भी हुनर था वो चाहते मेहनत करके माल कमा सकते थे नहीं लेकिन उन्होंने कुरआन को जो है फ़ोकियत दी अल्लाह के नबीम के पैगाम को फोकियत दी वो फरमाते हैं कि मैंने सुफ़ा को देखा सत्तर से जायद माम रजुलदा उन में से किसी के पास भी जो है वो एक चादर नहीं हुआ करती थी चादर जैसे आज हम कमीज कहते हैं इमा इज़ार उनमें से या तो किसी के पास इज़ार होता तहबन या किसी के पास जो है वह शलवार होती वो अब़ा वो सहाब कराम जिनके हवाले से अपने इजार को अपनी शलवार को अपनी गर्दनों से बांध लिया करते थे उस चादर का किसी की पिंडली तलक पहुँचता और किसी के टख्नों तलक पहुँचता साहब कराम उस चादर को उस इजार को उस तहबन को पकड़ पकड़ के रखा करते थे इस डर से कहीं हमारा ये तहबन जाहिर ना हो ये सहाब कराम की ग़रबत का आलम था लेकिन क़ुरान जाएं इसके बावजूद भी उनके दिलों की कैफ़ीत उनके दिलों का रुख अल्लाह ताली की रजा की तरफ था अल्लाह ताली की रजा उन्हें मतलूब थी अल्लाह के नबी आलाम के पास पेश हो गए खिदमत के लिए पेश हो गए पैगम्बर आलाम एक अर्ज़ है एक शिकायत है अल्लाह के नबीम ने फ़रमाया बताओ ज़रा फरमाएल्ला के नबी हम गरीब साहबी हैं हम आपसे माल का सवाल नहीं करते माल जायदाद का सवाल नहीं करते आपसे किसी अहदे का सवाल नहीं करते अल्लाह के नबी हम इसलिए आपके पास आए हैं कि अमीर तरीन सहाबा का जो तबका है वो हमसे नेक आमाल में आगे निकल गया है अल्लाह हु अकबर कबीर आज हमारे भी मौलवियों से सवाल होते हैं कि कारोबार को कैसे किया जाए कारोबार को कैसे बढ़ाया जाए फलाँ की जायदाद को उस पर किस तरह जो है कब्जा किया जाए इस तरह के दुनियावी सवाल आज हम से मशाइ से और मौलवियों से करते हैं लेकिन सहाबे कराम के सवाल ग़ुरबत के बावजूद क्या है गौर कीजिए अब वो ये नहीं कि अल्लाह के नबी हमें माल चाहिए वो कह रहे हैं फरमा रहे हैं अल्लाह के नबी हम गरीब साहबी हैं ठीक है लेकिन अल्लाह के नबी सला वमीर तरीन सहाबा का तबका हमसे नेक आमाल में आगे निकल गया है वो सदका भी करते हैं खैरात भी करते हैं गरीबों और मस्किनों की मदद भी करते हैं हज वमरा भी करते हैं हमारे पास माल नहीं वसाइल नहीं जायदाद नहीं अल्लाह के नबीम ने उन्हें तस्बीहत बता दी कि हर नमाज के बाद सुबहानल्ला तैंतीस दफ़ा और अलहमद ला तैंतीस दफ़ा और अल्लाह अकबर बाज़ रिवात में तैंतीस बाज़ रवात में चौंतीस मरतबा आपने पढ़नी है ठीक है खुशी खुशी चले गए चंद दिनों के बाद दोबारा अल्लाह के नबी सलासलम के पास आए और कहने लगे अल्लाह के नबी मालदार साहबा ने दोबारा से उन तस्बीहात को अपनाना शुरू कर दिया है अल्लाह के नबी सलाम ने फरमा का फक ही मैशा ये तो अल्लाह का फजल है वो जिसको चाहता है अता करता है अब इसमें मैं क्या कर सकता हूँ तो आपने देखा किबत के, के बावजूद साहब कराम के दिलों का रुख सिर्फ वह तरफ रहता था और ये ही नहीं एक सहाबी अब्दुल्ला बिन उमर रजील्ला का गुज़र किसी जंगल से हुआ वहाँ उन्होंने एक चरवाहे को देखा जो बकरियां चरा रहा है उसे खाने की दावत दी कि आप हमारे दस्तरखान पर आएं और खाना तनावुल कीजिए वो चरवाहा कहता है सहाबी रसूल को के अनसाइन मैं रोज़ेदार हूँ रोज़े की कैफियत से हूँ रोज़े की हालत से हूँ अल्लाह अकबर कबीरा अब्दुल्ला बिन उमर रजील्ला सुनकर हैरान होते हैं और उससे कहते हैं कि अल्लाह के बंदे इस तपती सहरा के अंदर गर्मी की शिद्दत के अंदर तूने रोजा रखा हुआ है वो जवाब में कहता है कि मैं इन दिनों अपने रब से मुलाकात की तैयारी कर रहा हूँ अल्लाह अकबर कबीला उन्हें ताज्जुब होता है अब्दुल्ला बिन उमर को कहते हैं अच्छा चल ठीक है तेरा रोजा है तू मत खा लेकिन तू एक काम कर अपने इस रेवड़ में से बकरियों के इस झुंड में से एक बकरी हमें दे दे हम दो काम करेंगे लहमीहा हम इसकी कीमत भी तुझे देंगे जिससे तेरी माली फाइनेंशियली पोजीशन अच्छी होगी और इसके गोश्त में से हम तुझे एक गोश्त का टुकड़ा देंगे कि तू जब अवतार करे तो उसे पका कर खाना अल्लाह अकबर वो कहने लगा इन नही सतली ए सहाब रसूल इबन उमर रजील्ला ये बकरियां मेरी नहीं बल्कि ये मेरे मालिक की बकरियां हैं सहाब ये रसूल कहने लगे ठीक है इसमें कौन सी बड़ी बात है आप अपने मालिक को एक जुमला कह देना अकल उद्वीब कि उस एक बकरी को भेड़िया खा गया अव्वल तो मालिक आपसे इस रेवड़ के बारे में पूछेगा नहीं उसे क्या पता इस झुड़ में से अगर एक बकरी गायब हो जाए लेकिन बिलफर्ज अगर पूछता है तो कह देना भेड़िया खा गया आपकी जान भी बख्श बच, जा, बच जाएगी और आपको दुनियावी जो है वो फ़ायदा भी होगा अल्लाह अकबर कबीर उस सहाबी के जुमले सोने के कलम से सोने की सियाही से लिखने के मानन वो कहते हैं कि ए सहाबी ए इबन उमर रजी अल्लाह तू ठीक है मैं अपने मालिक को ये जवाब देकर अपने आरजी मालिक को तो मुतमइन कर दूंगा लेकिन ज़रा मुझे बताएं जो मेरा हकीकी मालिक है अल्लाह आईन अल्लाह वो अल्लाह अल्ला कहा है वो अल्लाह कहाँ है क्या वो हमारे इन मामला को इस कंडीशन को और इस पेश आने वाले वाक्य को नहीं देख रहा ये जवाब सुनना था इबन उमर रजी अल्लाह तन उनके दिल पर इस कदर असर हुआ इस कदर वो ताज्जुब में हैरत ज़्यादा हो गए कि वो काफी देर तक इन अल्फाज को धुरते रहे अल्लाह, अल्लाह, अल्लाह। फिर जब मदीना जब वो पहुंचे तो फिर सहाबी इब्ने उमर रजीलू ने उस चरवाहे को तलाश किया और उसे खरीदा और फिर वो मा, मालिक से बकरियों के रेवड़ को खरीदा और वह पूरा का पूरा रे, रेवड़ पूरा का पूरा झुंड उस चरवाहे को तोहफतन दे दिए तो दुनियावी इनाम था ये तो उस चरवाहे के लिए लेकिन आखरत के लिए आखरत के अंदर उसका क्या मकाम होगा किस कदर अल्लाह ताला ने उसके लिए नमतें रखी होंगी तो ये सहाबी की गुरबत की कैफ़त थी गुरबत का आलम था कि उनके दिलों का रुख अल्लाह ताला की तरफ रहता था और ये सिर्फ गुरबत की कंडीशन में नहीं बल्कि जब अल्लाह ने उन्हें फतूहात से नवाज़ा गनीमत से नवाजा जब उनके पास माल की फ्रावानी आई उस वक़्त भी उनके दिलों का रुख अल्लाह की तरफ रहता था एक सहाबी मशहूर सहाबी हैं मुहाजिर सहाबी अब्दुलरहमान बिन ओफ़ रज़ी अल्लाह त उनके बेटे इब्राहिम बयान करते हैं कि अब जान ने रोज़ा रखा हुआ था अब अफ्तारी का वक्त हुआ दस्तरख्वान रखा गया और तरह तरह के लवाजमात उनके उस दस्तरखान पर रखे गए अब जब वो रोज़ा खोलने के लिए बैठे अब्दुलरहमान बिन औौफ तो जब इस कदर अल्लाह ताला की तौजूद नाजिल करता न को देखा और मुस्बिन उमेर रजी अल्लाह तु की शहादत को याद करने लगे कहने लगे कि मुस्बिन उमेर रजिया मुझसे ज्यादा बेहतर थे जिन्हें शहीद कर दिया गया जब उन्हें शहीद किया गया था तो उनके दफन के वक्त इस कदर भी चादर मुयसर ना थी कि उन्हें मुकम्मल तौर पर कफन दिया जाता उनका सर ढांपा जाता तो उनके पाँव बरहना हो जाते और अगर उनके पाऊ को ढापा जाता तो उनका सर जो है वो बरहना हो जाता उमर मुस्तिन की शहादत को याद करके रोने लगे इब्राहिम बयान करते हैं उनके बेटे खत्ता तरकत्ता के वो रोने लगे यहाँ तक कि उन्होंने खाना छोड़ दिया अल्लाह अकबर कबीर यानी इस कदर खौफ खुदाता लेकिन आज मेरे दिल का रुख क्या होता है मेरे दिल की कैफियत क्या होती है जब तरह तरह की डिशेज लवाजिमात में अपने सामने देखता हूँ अल्लाह का शुक्र करना तो दूर की बात मैं बिस्मिल्लाह पढ़ना भूल जाता हूँ और सिर्फ यही नहीं अब्दरहन बिन औौफ ने जब अल्लाह के नबी नबीम की मुस्तर खाकिम की यह हदीस सुनी कि अल्लाह के नबी नबीम ने फरमाया मेरी वफ़ात के बाद बेहतर वो है तुम में से जो मेरी अजवाज का जवजाद का ख्याल रखे यह सुनना था कि फ़ाऊसी नबीन बीबा बरफ़ाइन बे अरबाइनफीनार आपने पूरे एक बाग की वसीयत फरमा दी कि वो मेरी वफात के बाद उमहतुलम को दे दिया जाए आपकी वफात के बाद फिर उस बाग को चालीस हजार के अंदर बेचा गया और वह सारे की सारी रकम उमतमिन को दे दी गई आखिरी बात कहकर अपनी बात में खत्म करूंगा और सिर्फ यही नहीं सहाब कराम के दिलों का रुख हर हर कैफियत में अल्लाह ताली की तरफ रहता था जब जन्नत का जिक्र सुनते तो तव और उम्मीद अल्लाह से यह होती कि वह जन्नत में दाखिल होंगे लेकिन जब जहन्नम का जिक्र सुनते हैं, तो उनके दिलों पर गशियत तारी हो जाती खौफे ख़ुदा से उनके दिल नरस जाया करते थे यही वजह थी कि उनके दिलों की रुख की उनके दिलों की तारीफ़ अल्लाह ने क़ुरान में फरमाई वाल हब बबिल्कुम ईमान वजै न कर रहा कुक़ रवल फसूवलिया एक उम महतमिन फरमाती हैं सलमा रज़ी ला त अल्लाह के, अल्ला के नबी साम के पास दो आदमी आए जिनका विरासत के हवाले से कोई झगड़ा था उन में से हर एक का दावा था यह माल मेरा लेकिन उनके पास कोई प्रूफ नहीं था कोई सबूत नहीं था कोई दलील नहीं थी अल्लाह के नबीम ने उन्हें चार लाइनों का एक मुख्तर बाज़ नसीहत फरमाई इन नमा ना बशर इन नमा तख तू ना इलैया क्या मैं एक इंसान हूँ तुम मेरे पास झगड़े लेकर आते हो और मुमकिन है तुम में से ज़्यादा कोई एक दूसरे दूसरे की नस्बत चर्प जुबान हो बोलने का माहिर हो और उसकी गुफ्तार काबार करते हुए मैं फैसला उसके हक में दे दूँ के वो उसका हकदार ना हो तो तुम में से सोच ले अल्लाह के नबीम ने फरमाया कोई इस तरह अपने भाई का ना, हक, बुरे तरीके से ना ले क्यों इन नार बल्कि मैं उसे दूसरे भाई का हक नहीं देता बल्कि जहन्न की आँख का एक टुकड़ा देता हूँ अल्लाह अकबर ये कहना था उम्मा फरमाती है रजी अल्लाह त के बकर رجولات वो दोनों आदमी रो पड़े और पहले दावा था ये माल मेरा है अब दावा है कि ये माल तेरा है अल्लाह के नबी ने क्रा डाला और क्र डालने के बाद जिसका नाम निकला उसे दे दिया इसी पर मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ हम अपना मवजना अपने दिलों के रुख का मवानना सहाबा के दिलों के साथ करें यही वजह है कि आज हम मोहताज हैं आज हम बेबस हैं परेशान हैं फाइनेशली हवाले से क्यों क्योंकि हमारे दिलों का रुख मौसम की तब्दीली के साथ बदलता है हमारे ईमान के अंदर मजबूती उस वक़्त आएगी कि जब हम हमारी हर कैफियत हमारी सिचुएशन हमारे हर कंडीशन में हमारे दिलों का रुख अल्लाह ताली की तरफ रहेगा मल्हबला